बेटा कौन की को बाप वो समय और तुम्हारे हालात बता है हम उनकी जीवन लीला समाप्त करते हैं जो हमें सता है और तुम बड़े बदमाश तो हम भी डीजे ऑपरेटर हैं बेटा तुम कौन सी धुन पे न वो हमें पता है अरे रोको बिन्नू बजा तो देन देव